खोल पंख नजर उठा ये आसुमान है तेरा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 ये आसमान है तेरा बढ़ा कदम तो तो बढ़ा कदम तुलिस वक्त से मिला कदम हौसलों कदम दिखा पंतनो से खोल पंख बेडियों को तोड़ गए को तोड़ सोच नही सोच नही ओढ़ के तू खोल पंख नजर उठा ये आसमान है तेरा तू खोल पंख नजर उठा ये आसमान है तेरा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 नहीं सशक्त है तू शास्त्र है तू शस्त्र है तेरे सामने ये लक्ष्य है अब जितना चित्राम है तू देश का भविष्य है तू खोल पंख नजर उठा ये आसमान है तेरा तू खोल पंख नजर उठा ये आसमान है तेरा ये आस जाग अब करते उदय उम्मीद का सूरज जगा उठ जाग अब करते उदय उम्मीद का सूरज जगा पहचान ले तू कौन है वरदान बना विषका काम कर पहचान बन परिवार की मेरे देश की लिख भाग्य तू तकदीर देर बन कमजोर की लाचार की इस देश की परिवार की तू खोल पंख नजर उठाये आसमान है तेरा तू खोल पंख नजर उठाये आसमान है तेरा तू डर नहीं नहीं ठहर नहीं तू थक नहीं ठहर नहीं तू खोल पंख न सठा ये आसमान है तेरा ये आसमान है तेरा ये आसमान है तेरा ये आसमान है तेरा ये आसमान